तो लखनऊ बुधवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अधिवेशन में हजारों की संख्या में यू के लखनऊ में किसानों का काफिला पहुंचा, जहां पर अभी कुछ ही देर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा जिसमे हजारों लोग मौके पर मौजूद मौके आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष जिला युवा अध्यक्ष प्रदेश युवा अध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष सहित हजारों कार्यकर्ता मौके आरोप मौजूद लिया दिया में में जाए अगर और और तो ठीक को है भाई प्रदेश सुनवाई मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग आए आपकी सुनेंगे बात और उसके पहले मैं जिला प्रभारी लखनऊ मानी चौधरी सजीवन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने विचार रखने बाद मंच आपको हवाले लाजिम भाई है कि मंच पर आ जाए जहाँ तक मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत उत्तर प्रदेश के दिल में जय जवान जय किसान जिंदाबाद हर सैनिक यूनियन तमाम जिंदाबाद हर सैनिक यूनियन तमाम जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान सर्वजन्तु संघ तमाम जिंदाबाद